जिंदगी में रिस्क लेना सीखो वैसे मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत बड़ा रिस्क लेना है कम से कम इतना तो रिस्क ले ही सकते हो कि मैं आज जो भी कहूँगा उसे पूरे दिल और दिमाग से सुनो और उसे कहीं ना कहीं अपने दिमाग के अंदर डाल दो कि लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा करना है चाहे जो भी हो जाए मुझे कुछ न कुछ बड़ा करना है वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतना भी आज रिस्क नहीं लेंगे और यही से मेरी बातों को छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को केवल फनी वीडियो ही देखना पसंद है फालतू का टाइम पास करना है आज बहुत सारे लोग YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं लेकिन उसे बहुत कम लोग देखेंगे क्योंकि हम सबको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि जिंदगी बदल जाए या फिर आपको कुछ नया सीखा पाए बस आपको कुछ टाइम के लिए वो फालतू के जोक्स पर हंसी आएगी कुछ टाइम के लिए वो फालतू की बातें अच्छी लगेगी सफलता कभी भी मार्कशीट देखकर नहीं आती अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो सफलता के शिखर तक आप आराम से पहुँच जाओगे आजकल के जो भी लोग है उन्हें केवल मोटिवेशनल स्टोरी सुनना पसंद है मुझे भी अच्छा लगता है कि आप मोटिवेशनल स्पीच स्टोरी को सुनते हैं लेकिन आप कभी भी उसे अमल में क्यों नहीं लाते सबसे जरूरी है कि आप अगर किसी अच्छी चीज को देखो या फिर किसी अच्छी चीज़ को पढ़ो तो उसको अमल में लाओ उसे लाने में आलस क्यों करते हो यार खुद ही सोचो क्या कोई पेड़ एक ही दिन में बड़ा हो जाता है नहीं ना उसको टाइम लगता है सालों लग जाते हैं तब जाकर उस पर फल आते हैं और अगर आज के लोगों की बात करूं तो वो केवल एक ही झटके में सक्सेस होना चाहते हैं वो कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते वर्टिकल बार वो सोचते हैं कहीं ना कहीं से कोई आसान रास्ता निकल आए कि ऐसे पैसे कमाने हैं और बिना कुछ देखे उसमें कूद जाएंगे ऐसा क्यों होता है अगर तुम्हें सफल होना है तो रिस्क लेना होगा जब तक तुम रिस्क नहीं लोगे तब तक तुम सफल कैसे हो पाओगे सोचो कोई भी चीज होने में टाइम लगता है या फिर कोई भी चीज़ को करने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ इनपुट तो देना ही पड़ेगा तभी उसका कुछ आउटपुट निकलेगा अगर लाइफ में डरते रहोगे तो फिर लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे इसीलिए अगर सक्सेस पाना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा आप लोग हरिवंश राय बच्चन को तो जानते ही होंगे इनकी एक छोटी सी कविता है जिसमें वो कहते हैं कि तू न थकेगा कभी तू न रुकेगा कभी तू ना मुड़ेगा कभी कर सपथ कर सपथ कर सपथ वैसे ये बहुत सारे लोगों ने सुना होगा छोटी सी लाइन है मुझे उम्मीद है कि आप इसमें से समझेंगे कि तू ना रुकेगा कभी तू ना थकेगा कभी तू ना मुड़ेगा कभी बस तुम्हें अपने जिंदगी में चलना है हर इंसान के पास सफल होने के लिए एक मास्टर प्लान होता है आपके पास भी होगा लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से डर लग रहता है कि ये होगा या नहीं होगा और साथ में ऐसा भी होता ही कि जो मास्टर प्लान होता है वो हम किसी के साथ शेयर तो नहीं करते ताकि कोई दूसरा सफल ना हो जाए हमारे माइंड में केवल एक ही चीज़ चलती है की मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है और मैं उसको शेयर नहीं करूंगा ना ही अपने दोस्तों के साथ ना ही किसी और इंसान के साथ क्योंकि कहीं उसने कॉपी कर लिया तो वो सफल हो जाएगा अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना तो आपसे बड़ा बेवकूफ आज तक मैंने नहीं देखा सफल इंसान वो होता है जो रिस्क लेकर कुछ अलग करता है अपने दोस्तों के साथ आप बात कर सकते हो आपको इस टॉपिक पर क्या पता जो पता नहीं है वो उसको पता हो हर एक चीज में इंसान परफेक्ट नहीं होता आपके पास जो भी प्लान है वो दूसरों के साथ डिस्कस करना ही होगा आप पूरा मत बताओ थोड़ा थोड़ा बताओ क्या पता वहाँ से आपको और ज्यादा आईडिया मिले उससे जो आपके पास मास्टर प्लान है वो और परफेक्ट बन पाए वैसे बहुत जरूरी होता है खुद पर आत्मविश्वास होना सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना होगा आत्मविश्वास बढ़ाना होगा अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो आप रिस्क नहीं ले पाएंगे और जब तक आप रिस्क नहीं ले पाएंगे तब तक आप सफल कैसे हो पाएंगे सफल लोगों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है वैसे बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़कर आप देख सकते हो कि वो लोग अपने जिंदगी में कहां से कहां तक पहुंचे हैं और कैसे पहुंचे हैं? जाहिर है कि वो एक अलग ही इंसान थे वो खुद में एक ऐसा इंसान थे जो खुद पर इतना भरोसा रखते थे कि अगर कोई गलत डिसीजन भी ले लिया जाए तो वो उसको और अच्छी तरीके से सुधार लेंगे ये होता है आत्मविश्वास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना डरते हैं कि सफल होने के बाद भी उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं आता और आखिरकार वो फिर ऐसी डूब जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पहले से ही होता है आपके अंदर भी आत्मविश्वास है हर एक इंसान के अंदर आत्मविश्वास होता ही है उसे जानो पहचानो और फिर आगे बढ़ो हमें रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ रिस्क लेकर सफलता के रास्ते पर चलना चाहिए आत्मविश्वास के बल पर ही आप सफलता को हासिल कर सकते हो सोचिए अगर आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होगा तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे इसीलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखो और दिमाग से नहीं दिल से सोचो कभी कभी आपको लगता है कि दिमाग से जो भी फैसले लेंगे वो सही लेंगे क्योंकि वो फैसले सोच कर लिए होंगे लेकिन अगर वही आपने दिल से फैसला लिए होंगे तो वो आपके इमोशन के साथ जुड़े होंगे और वो जो भी चीज आपने सोचे होंगे उसके पूरे होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप दिमाग की सुनोगे तो आप कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाओगे वो कहीं ना कहीं हां या तो ना यही दोनों में फंसा रहेगा ये हम नहीं कर सकते या ये हम नहीं कर पाएंगे ऐसी चीजों में फंस जाएंगे वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वैज्ञानिक ने प्रूफ करके दिखाया है कि जब भी हम दिल की सुनते हैं तो हमारा निर्णय एकदम सही होता है दरअसल जो भी हमारा मन चाहता है वो दिमाग नहीं चाहता लेकिन वो दिल चाहता है और सबसे जरूरी बात दिमाग आपको कभी भी रिस्क लेने को नहीं कहेगा सोचिए आप जो भी चीज दिमाग से सोचते हो तो पहले ना ही जवाब आएगा वो रिस्की होगा क्योंकि दिमाग को बहुत ही ज्यादा डर लगता है हर एक चीज का डर लगता है की ये कैसे होगा वो कैसे होगा कब हो पाए और दिमाग डरता है कि कहीं फेल ना हो जाए दिल ऐसा नहीं सोचता दिल बस हमारे मन की सुनता है इसीलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दिमाग की नहीं बल्कि दिल की सुनो दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा क्योंकि वही वो चीज़ है जो आपके इमोशन के साथ जुड़ी हुई है दिल हमें सही रास्ता दिखाता है दिल हमें सही रास्ता दिखाएगा रिस्क लेने में दिल कभी डरता नहीं वो निडर है आपको जब भी कोई बड़ा रिस्क लेना हो तो एक बार अपने दिल को सुनकर देखो कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार अपने इमोशन के साथ सोच कर देखना कि क्या ये करना सही रहेगा या फिर ये करना गलत रहेगा आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे और दोनों में से एक ही चूज करना पड़ेगा हाँ या ना तभी आपका फैसला एक सही दिशा में जाएगा वैसे भी रिस्क लेने से पहले आपको एक प्लानिंग बनानी होगी एक परफेक्ट प्लानिंग बनानी होगी जब कभी भी आपको एक बड़ा लक्ष्य तय करना हो या फिर कोई बड़ी चीज को हासिल करना हो तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी सी प्लानिंग करनी होगी जिस तरह से कोई भी लक्ष्य बिना प्लानिंग के पूरा नहीं हो सकता उसी तरह अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो भी एक प्लानिंग जरूर बनाइए मान लो अगर कहीं आप पैसे डाल रहे हो तो अगर डूब जाते हैं तो वो कहाँ से निकालेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए अगर आपने रिस्क ले लिया और इसकी कोई भी प्लानिंग नहीं है तो ये निश्चित है की आपका फ्यूचर खतरे में है और आप फ्यूचर में अपने गोल से भटक ही जाएंगे और आपका मेन टारगेट अधूरा रह जाएगा इसीलिए सफलता के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप किसी काम को शुरू करने से पहले और रिस्क लेने से पहले पूरी प्लानिंग बना लीजिए और फिर अपने गोल को पाने के लिए अपनी जी जान लगा दीजिए दिन रात एक कर दीजिए और फिर अपने सपने को पा लीजिए जो भी गोल है उसे पूरा करने के लिए एक परफेक्ट टाइम सेट कर लीजिए और ये तय कर लीजिए कि आपको उस टाइम तक अपने गोल को पाही लेना है चाहे जो भी हो जाए अगर आप हार भी जाओ ना तो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपने अपने गोल को पाने के लिए कम से कम रिस्क तो लिया दिन रात मेहनत तो किया दूसरे लोग ऐसे ही सोचकर छोड़ देते हैं मेहनत किए बिना ही अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ मेहनत करते हैं तो आपका सपना जरूर पूरा होगा इसीलिए अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो उसे आप कई छोटे छोटे भागों में बांट लो उसके छोटे छोटे पार्ट कर लो और अपनी टाइमिंग को पूरी तरह से सेट कर लो और अब अगर आपने रिस्क लिया तो आप कभी फेल नहीं होंगे क्योंकि आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान था और वैसे भी मैं यही कहता हूँ कि बड़े सपने देखो और परफेक्ट गोल बनाओ अगर आप हर काम में सफलता पाना चाहते हो तो आपको अपनी आदतों में कुछ बदलाव करने होंगे बड़े बड़े सपने देखने चाहिए वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ सपने देखें वैसे सोते सोते तो हर कोई सपना देख लेता है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और एक गोल बनाकर उस पर कड़ी मेहनत करते हैं वो लोग एक श्योर हूँ की वो सक्सेस हो ही जाते हैं अब्दुल कलम साहब कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को सपना देखना चाहिए जो लोग बड़े सपने नहीं देखते वो बड़े बन ही नहीं सकते इसीलिए बड़े सपने देखो बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे पाने के लिए अपना 100% दे दो इसी के साथ साथ आपको समय की कीमत को समझना होगा क्योंकि अगर आपको समय की कीमत नहीं पता है तो आप कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते है दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन सबके पास 24 घंटे ही होते हैं वो इन्हीं 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और इसी से वो सफल होते हैं दरअसल ये लोग समय की कीमत को समझते हैं आप इस बात पर गौर करना कि ये लोग समय की कीमत को समझते थे इन्होंने कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं किया अगर आपको भी सफल होना है तो फालतू का समय बर्बाद न करे जैसे किसी के सामने अपनी सक्सेस की बात करना जैसी फालतू की बातें होती हैं, ये सब करना और जो भी प्रॉब्लम होती हैं, उस पर बहस करना संसार की सबसे मूल्यवान चीज़ है समय ये तो आप जानते ही होंगे कि समय किसी के लिए भी नहीं रुका जो इस समय का सही उपयोग कर लेता है वो व्यक्ति सफल होता है और समय से एक बात और भी सीखनी चाहिए कि वो कभी रुकता नहीं है इसीलिए आपको भी कभी रुकना नहीं है अगर आप रिस्क लेकर फेल भी हो जाओ तो कभी भी अपने गोल को मत बदलो अपने तरीके को बदलो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल तो बनाते हैं लेकिन कुछ टाइम के बाद सफलता न मिलने पर वो अपने गोल को ही बदल देते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो अपने लक्ष्य को नहीं बदलना चाहिए बल्कि अपना जो तरीका है उसे बदलना चाहिए अगर आपको कोई काम कठिन लग रहा है बहुत हार्ड लग रहा है तो आपको अपने गोल को बदलने की क्या जरूरत है थोड़ा और सही रास्ता ढूंढो थोड़ा और आसान रास्ता मिल जाएगा अगर आप और मेहनत करोगे तो अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो आपको काम को नहीं छोड़ना है बल्कि आपको उस काम करने के तरीके को ही बदल देना है हर किसी के लाइफ में कठिनाइया तो आती ही रहती है लेकिन कुछ लोग इसका जमकर सामना करते हैं कई इंसान ऐसे होते हैं जो लड़ रहा है अपनी जिंदगी से इतना लड़ता है इतना लड़ता है कि एक दिन वो अपने आप अपनी ही कठिनाइयों से इतना ऊपर उठकर सफल हो जाता है कि लोग बोलते हैं कि ये तो एक रात में सफल हो गया लेकिन ऐसा नहीं होता वो एक रात की सफलता के पीछे बहुत सारी रातें जागे होते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि हार्ड वर्क करने के बाद सफल नहीं हो पाते हैं, फिर उस काम को छोड़ देते हैं और फिर जिंदगी में आसान काम ढूँढ़ने लगते हैं जो भी पैसे आएंगे उससे काम चल जाएगा लेकिन उसकी जिंदगी ही वही रुक जाएगी अगर आपके सपने बड़े है तो रिस्क आपको लेना ही पड़ेगा जो भी कठिन काम होते हैं उनका जम कर सामना करो उनसे भागो मत और अपनी लाइफ को आसान बना लो क्योंकि आज अगर आप लड़ोगे तो कल आपको लड़ना नहीं पड़ेगा कल आपको जिंदगी बहुत ही आराम से जाएगी क्योंकि काम को पूरा करने से जिंदगी आसान होती है काम को टालने से नहीं रिस्क लो लेकिन सोच समझकर लो और अगर रिस्क नहीं लेना है तो सोचो ही मत क्यूँकी जिंदगी में रिस्क के बिना कभी भी सफल नहीं हो सकते बर्स्ट ऑफ लक आपके सपनों के लिए आपके जिंदगी के लिए